भैया क्या नहीं दिख रही आपको सो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका हमारे पहले ट्रैवल वीडियो में हमारा पहला चलो चलते हैं मैं आपको है। चलो भाई साहब सुबह सुबह जो राइड करने का मज़ा है ना वाह खाली रहो Yeh hamari school wali gali hai. Woh hamara school hai samne. Man in the bridge up I'm here and I'm free curated that's for you the story's over now i must conclude i am gone aur woh abhi ghar ke bahar nahi aaye hain chalo let's see unko bulate hain ya nikalte hain chai pe chacha ke liye aur ye hamare motu सेठ plate aate hue kabhi time pe nahi पहुंचे hain first vlog shoot karne ja rahe hain तो अभी यहाँ पे संदीप का वेट हो रहा वेट तो तो तो है बैठना कितना वेट करवाते हैं ना तो यहाँ पे को हमारी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी ये आगे नींद के पुजारी इनको नींद बहुत आती है हम स्कूटी चलाएंगे मैंने बोला सर आप चलाओ हम पीछे बैठेंगे फाइनली हमारा वेट खत्म हुआ और अब हम हाँ निकल गए हैं तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर के दूर पर है जहाँ पर हमको जाना है सुबह तो Earn in the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling feel it Exaggerated that's what you are So and now I must conclude I am conflicted what she were I said still hanging in the balance not the life I want to live if I want to take it on standing tall fear the way the person you are The pain I felt is paid for. ट पोवा ऐसा ली जाने तू Up. I'm here and I'm feeling feel it Exaggerated that's what you are she The story's over now I must conclude I am the freak to tell what she want I said still hang भगवानी पूरा पूरा एक्सपीरियंस तो मछली हमें वहाँ पे भी नहीं दिखी फिर हम दूसरी साइड फिर से आगे फिर हमने यहाँ पे अपने हाथ उधोए और फिर वापसी के लिए निकल गए be <laughs>